ग्रामी हमारा ईमान है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला अपने से सलाम को ज़िंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके उसे फूंकने का हुकम देगा। लिहाजा अल्लाह के हुकम के मुताबिक सलाम सूर फूकेंगे और सूर फूंकते ही तमाम अवलिनो आखरीन मलाइका जिनोन्स और के एक मैदान में पेश हो जाएंगे जिसे हम मैदान कहते हैं देगा। आज की वीडियो में हम उसी मैदान का तस्करा करेंगे और बताएंगे किस तरह सारी दुनिया की खातिर दर बदर फिरेगी दोस्तों आदिश के मुताबिक मैदान हशर में सूरज की गर्मी के अलावा भी बेशुमार तकालीफ और सख्तियां होंगी जिनको लोग पूरा एक साल बर्दाश्त करेंगे और अदीस के मुताबिक फिर एक साल बाद लोग परेशान होकर अपनी शफात की गर्ज से हजरत आदम सलाम के पास पहुंचेंगे और उनकी सिफात बयान करने के बाद अर्ज करेंगे आदम आप अबू अल बशर हैं अल्लाह तक अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और आप में अपनी रूप होगी और अल्लाह ने फरिश्तों को हुकम दिया कि आप को सज़दा करें, तो उन्होंने आप को किया और आप को जन्नत बारगाह में हमारी शफात फरमाएंगे और क्या आप देखते नहीं की कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में है और हमें कितनी बड़ी तकलीफ ने घेर लिया है आदमी का जवाब देते हुए फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज ऐसे गजब का इजहार फरमाया है कि ऐसा गजब ना कभी पहले फरमाया था और न आंदा फरमाएगा मुझे उसने एक तरह का फल खाने से मना फरमा था तो मुझसे उसके हुक्म की तामील में लगजा हुई लिहाजा मुझे अपनी जान की फिक्र है इसलिए तुम हजरत नू असलम के पास चले जाओ लिहाजा लोग हजरत नू असलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे आप जमीन के सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दुल तब्दुल शकूर यानी गुजार बंदा रखा तो क्या आप नहीं देखते कि हम किस मुसीबत में हैं क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं और हमें कितनी बड़ी तकलीफ ने आ लिया है क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफात फरमाएंगे वो फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज गजब का वो इजहार फरमाया है ना कभी पहले ऐसा इजहार फरमाया था और ना आईहर फरमाएगा लिहाजा मुझे खुद अपनी, फिक्र है और मुझे अपनी जान की पड़ी है लिहाजा सब लोग हजरत इब्राहिम के पास आएंगे और कहेंगे आप अल्लाह के नबी और सारी जमीन वालों में इसके दोस्त है इसलिए आप अपने परवरदेगार के हाँ हमारी सिफारिश कीजिए क्या आप नहीं देखते कि जिस हाल में हम हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है वो कहेंगे कि मेरा आज बहुत गुस्से तो इब्राहिम अपनी झूठी बातों को बयान करेंगे और कहेंगे की इन्हीं बातों की वजह से मुझे खुद अपनी फिक्र है लिहाजा तुम हजरत मूसा सलाम के पास जाओ जिसके बाद वो लोग मूसा सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्ला के हैं। और अल्लाह तकालत और कलाम से तमाम लोगों पर फजीलत और बुजुर्गी दी है लिहाजा आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कीजिए क्या आप नहीं देखते कि हम जिस हाल में है और जो मुसीबत हम पर पड़ी है मूसा सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब ऐसे गुस्से में है कि इतना गुस्से में ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा और मैंने दुनिया में एक शख्स को कत्ल किया था जिसका मुझे था। मुझे अपनी पड़ी है। लिहाजा तुम हजरत ईसात आप अल्लाह के रसूल है और आपने माँ की गोद में लोगों से बातें की और आप अल्लाह का वो कलमा है जिसको उसने मरियम की तरफ डाला था और उसी की तरफ से रू है लिहाजा आप अपने रब से हमारी सिफारिश कीजिए क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं और कितनी बड़ी मुसीबत हम पर पड़ी है ईसा उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब बहुत गुस्से में है इतना गुस्से में कि ना इससे पहले कभी देखा था और ना कभी इसके बाद देखूंगा मुझे तो खुद अपनी फिक्र है। लिहाजा तुम हजरत मोहम्मद के पास जाओ नाजिक लिहाजा अब मखलूक हजरत मोहम्मद सल असलम के पास आएगी और सब कहेंगे आप खुदा के रसूल और खातमिया है और आपके सर पर कोई गुनाह नहीं है इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवर दिगार से हमारी से फारिश कर दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के पास आएंगे और तलब करेंगे, फिर आवाज आएगी ए सर उठाओ। जो कहोगे सब सुना जाएगा और जो मांगोगे दिया जाएगा शफात करो कबूल की जाएगी आप वसल्लम अर्ज करेंगे, इलाही उम्मती, उम्मती हुक्म होगा जाओ, जिसके दिल में जाओ के दाने के, दाने के बराबर भी ईमान होगा उसको निजात है आप वसल्लम खुश हो जाएंगे और इसकी तामील करके फिर हम दो सना करेंगे और सजने में गिर पड़ेंगे फिर सदाए गैब आएगी अहम्मद सर उठाओ कहो सुना जाएगा मांगो अता किया जाएगा शफात करो कबूल होगी आप अर्ज करेंगे इलाही उम्मती उम्मती, हुक्म होगा कि जाओ जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो बख्शा जाएगा तीसरी भी आप में जा फिर उम्मत की बख्शिश के लिए कहेंगे और इस बार राय के सबसे छोटे दाने के बराबर ईमान वाले शख्स की भी बख्शिश करवा लेंगे आखिर में आप सलम एक मरतब फिर सजदे में जाएंगे और फिर वैसी ही निदा आएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि जिसने तेरी एकताई की गवाही दी यानी ला इल्लल्लाह कहा उसे भी बख्श दे तो सदा आएगी कि इसका इख्तियार नहीं लेकिन मुझे अपनी किबरियाई और अजमत और जबरूद की कसम दोजख से हर उस शख्स को निकाल दूंगा जिसने मुझे एक कहा और अपने लिए दूसरा मबूद नहीं बनाया इस तरह तमाम मुसलमानों को आप सल्हसम की शफात नसीब हो जाएगी दोस्तों अगर हम मैदान हशर के मंजर की बात करें तो आदिश में मिलता है कि रोजे मैशर जमीनों आसमान की सब मखलूक फरिश्ते जन्नात इंसान शयातीन जानवर परिंदे तमाम इकट्ठे होंगे फिर सूरज तलू होगा और उसकी तपिश पहले से दोगनी होगी और इसकी हरारत में मौजूद कमी दूर हो जाएगी सूरज लोगों के सरों पर एक कमान के फासले के बराबर आ जाएगा उस वक्त अश इलाही के सा के सिवा कहीं साया नहीं होगा और उसके साये में अबरार होंगे सूरज की शदीद तपिश के बायस हर जानदार जबरदस्त दुख और मुश्किल में होगा और लोग एक दूसरे को हटाएंगे ताकि हजूम कम हो जबकि उस वक्त लोग अल्लाह ताला के सामने हाजरी के ख्याल से इंतहाई शर्मिंदा और जलील होंगे और यही वो वक्त होगा जब सूरज की हरारत सांसों की गर्मी दिलों में पशेमानी की आग और जबरदस्त खौफ वरास होगा और हर एक बाल से पसीना बहना शुरू होगा यहां तक कि वो कयामत के मैदान में पानी की तरह भर जाएगा और उनके जिस्म बे गुना पसीने में डूबे होंगे जबकि बाज घुटनों तक बाज कमर तक बाज कानों की लौ तक और बाज पूरे के पूरे पसीने में डूबे होंगे हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि हजूर सल ने फरमाया कि लोग बारगा इलाही में खड़े होंगे यहां तक के बाद लोग कानों तक पसीने में गर्क होंगे उस वक्त तमाम सितारे बिखर जाएंगे और सूरज चांद की रोशनी खत्म होने के बाद ज़मीन अंधेरे में डूब जाएगी और इस हालत में आसमान अपनी तमाम तर अजमत के बावजूद फट जाएगा आसमान जिसका 500 साल की मुसाफर और जिसके अतराफों किनार में फरिश्ते तस्वीर में मशगूल रहते हैं उसके फटने की हैबतनाक आवाज कुत समात पर जबरदस्त खौफ छोड़ जाएगी और आसमान जर्दी माइल पिघली हुई चांदी की तरह बह जाएगा और तेल की तरह हो जाएगा और नंगे लोग लोग वहां बिखरे हुए होंगे। होंगे। नबी है कि लोग नंगे नंगे बदन उठेंगे और अपने पसीने में कानों की तक मोमिनीन पाओ अनहा ने अर्ज किया नंगा देखेंगे आपने फरमाया कि किसी को होश ना होगा उस दिन लोग लोग नंगे होंगे और और हर किसी किसी को को अपनी पड़ी होगी और किसी को देखने का होश तक ना होगा, जबकि कोई पेट के कोई मुंह के बल चल रहा होगा मगर होश में ना होंगे कि किसी की तरफ तोज्जो कर सके नाजनी ग्रामीण इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें अल्लाह तुआ करनी चाहिए कि जब तक हम जिये तब तक हमें इस्लामी असूलों आरोप अमल करने की तोफीक अता फरमाए और आखिर में हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए आमी